हेलो गाइस आप सभी का बाला की रसोई यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आज की रेसिपी है राजमा बनाना तो आइए बनाते हैं राजमा राजमा बनाने के लिए ये हमने एक गिलास राजमा लिए हैं इनको हमने भिगो दिया था और इनका हमने पानी निकाल लिया है सबसे पहले मैं राजमा को उबालने रखूंगी ये मैंने एक कुकर लिया है और राजमा को कुकर के अंदर डाल देंगे मैं अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी ये पानी मैंने तीन गिलास पानी लिया है अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और कुकर को मैं बंद कर दूंगी और राजमा को उबलने तक का इंतजार करूंगी और इसमें मैं चार से पांच विशल आने का इंतजार करेंगे हम जब तक हमारे राजमा उबलते हैं तक हम ये मसाले चेक कर लेते हैं ये मैंने चौथाई चम्मच नमक लिया है ये मसाले में नमक डालूंगी मैं और ये मैंने एक चम्मच जीरा लिया है दस से पंद्रह मैंने ये काली मिर्च ली है और चार से पांच मैंने लौंग ली है और आधा चम्मच मैंने देगी मिर्च पाउडर लिया है और आधा चम्मच मैंने गरम मसाला और आधा ही चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है ये मैंने तीन प्याज लिए हैं इनको बारीक कट कर लिया है चार टमाटर लिए हैं इसको मैंने मिक्सी में पीस लिया है और ये मैंने ये मैंने एक बड़ा अदरक का टुकड़ा लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं दस से पंद्रह मैंने लहसुन की कलिया ली है पांच से छह मैंने हरी मिर्च ली है इनको सबको मैं इसमें सबको मैं कूट लूंगी अच्छे से फिर मैं ये जीरा भी डाल दूंगी बिल्कुल अलग अलग अल तरीके से मैं राजमा बनाऊंगी और ये काली मिर्च और लौंग भी इसमें डाल दूंगी इसे मैं दरदरा कूट लूंगी और ये हमारा दरदरा अच्छे से कूट चुका है इसे थोड़ा सा और कूट लूंगी मैं और ये हमारा मसाला कुट तैयार हो चुका है ये हमारे कुकर में पांच से छह सीटी आ चुकी हैं और गैस को मैंने बंद कर दिया है निकलने तक का मैं इंतजार करूंगी जब तक हमारी विषल निकलती है तब तक मैं मसाला भूनकर तैयार कर लेती हूं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है अब कढ़ाई में मैं ऑयल डालूंगी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है अब मैं इसमें चुटकी भर हिंग डाल दूंगी साथ ही मैं ये बारीक कटे हुए प्याज डाल दूंगी और इन्हें भून मैं प्याज को और ये हमारे प्याज भुनने लगे हैं और ये हमारे प्याज भुन चुके हैं ये मसाला में जो मैंने दरदरा कूटा था ये मसाला इसके अंदर डाल दूंगी अच्छे से भून दूं दूंगी मसाले को ये हमारे प्याज अच्छे से भून चुका है अदरक हरी मिर्च भी भून चुकी है अब मैं इसमें ये हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर और ये चौथाई चम्मच नमक ये मैंने मसाले के अकॉर्डिंग नमक लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और अब मैं इसमें ये टमाटर डाल दूंगी मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी पानी और मसाले को अच्छे से पकने दूंगी और ये हमारा मसाला अच्छे से भून तैयार हो चुका है और इधर हमारी कुकर की विशल निकल चुकी है अब हम राजमा को चेक कर लेते हैं और ये हमारे राजमा अच्छे से उबलकर तैयार हो चुके हैं और हमारे मसाले ने ऑयल भी छोड़ना शुरू कर दिया है अब मैं ये राजमा इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं राजमा को हमारे राजमा अच्छे से मिक्स हो चुके हैं अब मैं इसे दो से तीन मिनट इसे मसाले के अंदर ही राजमा को पकने दूंगी और तो आइए चेक करते हैं बनकर अच्छे से तैयार हो चुके हैं अब मैं इसमें ये गरम मसाला डाल दूंगी आधा चम्मच और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी और इसे फिर से मिक्स करूंगी मैं अब मैं इसे एक बाउल में सर्व करूंगी गैस को मैं बंद कर देती हूं और ये हमारे राजमा बनकर तैयार हो चुके हैं मैंने इन्हें चावल के साथ सर्व किया है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद